आपकी नई सेक्रेटरी कैसी है ठीक है क्यों क्या हुआ कपड़े कैसे पहनती है अरे फटाफट अरे तो, दे तो।, दे तो।